तो हलेशन बात हो चल ज्यादा जन्म क्या मैक्रो पॉकेट एडिशन और कैस मैं तो आज तुम लोगों को बताऊंगा कि तुम लोग कैसे माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में ऑल्सो नो नज बेडरॉक एडिशन में जावा एडिशन के रिसोर्स पैक कैसे लगा सकते हो हाँ गई सही सुना जावा एडिशन के रिसोर्स पैक माइनक्राफ्ट बेड रॉक एडिशन ऑल्सो नो पॉकेट एडिशन में सो so बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट उससे पहले हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों क्योंकि ये वीडियो मैं मकर संक्रांति के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बट रुको रुको मैं तुम लोग को सबूत भी दिखा देता हूं कि ये माइंड क्राफ्ट एडिशन का टेक्सचर पैक में यूज़ कर रहा हूं तो ये तुम लोग देख सकते हो सूट का टेक्स्चर सो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो क्या तुम लोग को उसके लिए एक ऐप चाहिए होगा जिसका नाम है रिसोर्स पैक कन्वर्टर और यही वो ऐप है जिससे तुम जावर एडिशन के रिसोर्स पैक को बेड्रॉप में यूज़ कर सकते हो तो बस इसको ओपन करते हैं उसके बाद तुम लोग को ये जो ऑप्शन दिखेगा ये पिंक वाला उसके ऊपर क्लिक करना है देन तुम लोग को अपनी फाइल चूज करनी है तो मैं पहले एक जावा एडिशन का अच्छा सा रिसोर्स पैक डाउनलोड करके आता हूँ और क्या ये कुछ रिसोर्स पैक काम नहीं करेंगे जैसे कि ये बीएसएल वाला क्योंकि इसके अंदर एमसी मेटा फाइल नहीं होती मैं तुम लोग को दिखाता हूँ कि ये काम नहीं करेगा अब देखो मैं इसे जैसे ही सिलेक्ट करूँगा तो ये सिलेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि इसका ऑप्शन ही नहीं ओपन होगा ओके सो हम लोग को कोई ऐसा पैक चाहिए जिसमें एम सी मेटाफाइल हो तो अब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि, कि किसी फाइल में मेटा है तो ये बिल्कुल भी वो है क्या बोलते हैं कोइंसिडेंस है जैसे अभी मैंने जो सेलेक्ट की वो कोइंसिडेंस से मुझे मिली सो या ये सब ऑन अगर तुम चाहो रखना तो कर सकते हो जो अभी मैंने ऑन किया तो अब बस नेक्स्ट स्टेप करने के बाद ये सब होता है उसके बाद तुमको जो ऑप्शन आएगा इंपोर्ट रिसोर्स पैक तो बस उसके ऊपर क्लिक करना है फिर तुम हमारा ओपन होने लगेगा तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मेरा भी माइंड क्राफ्ट ओपन हो रहा है एज ऑलवेज तो जैसे इन तुम्हारा माइंड क्राफ्ट ओपन होगा और मतलब कि ऐसे लोड तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो मेरा माइंड क्राफ्ट नॉर्मली की जगह ओपन हो रहा है उसके बाद जैसे ही वो लोड हो जाएगा तुमको इम्पोर्ट स्टार्टेड देखने को मिलेगा तुम लोग मेरे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हो और देन ये इम्पोर्ट भी हो जाएगा ये देख सकते हो इम्पोर्टिंग सक्सेसफुली तो अब मैं एक नए वर्ल्ड बना लेता हूँ जिससे मैं तुम लोग को दिखा सकूँ कि ये काम करता है कि नहीं ओके सो so, या yeah. तो देखो अभी जो मैं ऑन कर रहा हूँ वो सब मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग को ऑन रखनी है ये सारी चीज़ें क्योंकि ये जावा एडिशन का टेक्सचर पैक है इसलिए जावा एडिशन का टेक्सचर पैक है तो ये सब ऑन ही रखना है देन वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं अपन ओके okay. सो so, अब तुम लोग देख सकते हो कि ये फुली वर्किंग है और तुम लोग कुछ ये देख ही रहे हैं कि ये टेक्सचर बदल गए हैं और बाकी तुम लोगों को तो पता ही है कि ये जावा एडिशन का है सो आई गेस कि तुम लोगों को प्रूफ मिल गया होगा तो मैं और भी दिखा देता हूँ तो लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन रख देना ताकि तुम लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे तो अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ ये देखो भाई हमारी डायमंड चेस्ट प्लेट का कैसे बदल चुका है टेक्सचर और और तो भाई तुम लोग को दिख ही रहा है अपनी टेरेन पे सो आई गेस यार दैट इज़ इट सो सो आई गेसर दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइट सो बह गाइस सी यू नेक्स्ट टाइम आई एंड और हैपी मकर संक्रांति